अब मेरी मैया आये भवन में अब मेरी मैया आये भवन में दानव को भी तार के मस्त हुई मज मस्त भवानी महिषासुर को मार के मस्त हुई मज मस्त भवानी महिषासुर को मार के अब मेरी मैया आये भवन में दानव को भी तार के हुई मस्त हुई लदमा भवानी महिषासुर को मार गे मस हुई लद मत भवानी महिषासुर को मार गे